अबे सुना दोस्त दोस्तों के लिए जान देते हैं और हर मुश्किल में उसके काम आते हैं और तुम जैसे किसी काम के नहीं अरे तुम जैसे दोस्तों में ना दिकार आए दिकार लो अरे वाह देखा है तुझको हम हमको बोल रहे तू हमने तेरे के साथ क्या गलत किया अबे इसको बताया मुश्किल से तेरे काम आए और तू हमको बोल रहा है वाह ऐसा दोस्ती का अक्कद आकर तू वाक्य अबे कैसा अक् अबे कौन सा हैं क्यों कब कैसे अकद है बात कर रहे हैं दोस्ती की अबे किसी काम की नहीं हो हु? अबे नौकरी छुड़ा दी मेरी हैं? अब धक्के खा रहा हूँ कभी इधर कभी उधर कभी इधर हैं? जॉब के लिए बढ़ रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे कारण। अच्छा खासा लगा हुआ था कहीं और वो भी गया काम थे वाह अब मुझको किस लिए तो हो रहा है ऐसा पागल जैसा वैसा हो रहा है पता है मुझको जॉब का नहीं तो नौकरी के लिए नहीं अबे छोकरी के लिए रो रहा है साला अबे सही बोला है इसके बारे में वाक्य में इस। अबे बस कर पगड़े रुलाएगा क्या है